क्या आपको पता है कि आपके टॉयलेट सीट से भी ज्यादा गंदा आपका मोबाइल फोन होता है और सिंगापुर में एक ऐसा कोका कोला का कैन मशीन है जिसको अगर आप गले लगाओगे तो वो आपको फ्री में एक कैन दे देगा और क्या आपको इसका अंदाजा है कि जितने लोग समुद्र में डूब कर नहीं मरते है उससे ज्यादा लोग समुद्र के किनारे वाले नारियल के पेड़ के चलते मरते है क्यूँकी इतनी ऊंचाई से नारियल लोगो के सर आरोप गिरने के चलते लोगो का सर फट जाता है ऑस्ट्रिच नामक जो चिड़िया होती है उसका आंख उसके दिमाग ऐसी भी ज्यादा बड़ा होता है एक सुअर कभी ऊपर आसमान की ओर नहीं देख सकता उसके लिए यह इंपॉसिबल है गजब आप अपने पेंसिल से कितना लिखते हो पर एक टिपिकल पेंसिल से अगर आप सीधा लाइन खींचते जाओ खींचते जाओ खींचते जाओ तब जब तक वो खत्म होगा तब तक 56 किलोमीटर डिस्टेंस कवर हो चुका होगा आप पानी के अंदर अपने सांसों को कितने देर तक रोक सकते हो एक मिनट दो मिनट पांच मिनट दस मिनट स्कॉर्पियस यानी बिच्छू पानी के अंदर अपने सांसों को छह दिन तक रोक सकते हैं इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर